मैं ठीक हूँ बेटे अलहमदिल्ला आप लोग ठीक हो घर पर सखैरीत कोविड के क्या मामला हैं अल्लाह सबको खैरियत से रखे कोविड बढ़ा है बी केयरफुल अब तो पुलिस ने पकड़ना भी शुरू कर दिया है जो लोग बगैर मास्क के निकल रहे हैं तो ज़रा केयरफुल हो जाए सारे लोग अच्छा जी वीडियो सबने देख ली थी सब बच्चों ने वीडियो देख ली थी राइट ओके right. okay. चलो <clears throat> सिर्फ पंद्रह लोग आए हैं। शुड वी स्टार्ट। स्टार्ट स्टार्ट करें चलो वी शुड स्टार्ट ठीक है अभी आ रहे हैं वैसे चलो एक आध मिनट रुक जाते हैं एक आध मिनट रुक जाते हैं तुम लोग तो आ गए हो ना तुम लोगों ने यस करना ही है बाकी बेचारों को भी आने दो थोड़ा सा रुक जाते हैं 30 तक हो जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। बेटे न्यूकमर, व्हाट डज आप न्यू कमर वी बच्चों ने हाँ चलो शुक्र है ट्वेंटी एक रह गया है। ट्वेंटी नाइन वेलकम बैक स्लाइड भी आ गई थी आपके पास और आपके पास वीडियो का लिंक भी आ गया तो ठीक है और वो मैंने देखा है कि बच्चों ने वो देख भी लिया है ठीक है न्यू एडमिशन अच्छा इंटरेस्टिंग लेट uh, हुआ ठीक है बेटे तो आप जो न्यू एडमिशंस हैं हम लोग बेसिकली हार्ट uh, और सर्कुलेशन कर रहे हैं कार्डियो सिस्टम हार्ट हम कर चुके हैं सर्कुलेशन में हमने uh, दो तीन लेक्चर्स हमने कर ली हैं लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जो भी हमने किया है वो जिस चैनल पर इस लाइव हैं उसी चैनल पे जो AHS Allied Health Sciences का जो प्लेलिस्ट है उसमें डेट वाइज मैंने जितने भी लाइव लेक्चर्स इन बच्चों के लिए हैं वो मैंने डाले मैं उसमें और उसी फोल्ड, उसी प्लेलिस्ट में वो भी हैं अल्लाह का भला करे लेक्चर्स भी हैं ठीक है ना तो लेक्चर्स देख के लाइव सेशन देख के स्लाइड्स भी मैं व्हाट्सएप पर डाल देता हूँ वो स्लाइड भी आप एक कर सकते हैं तो आपकी कवरेज हो जाएगी इसके बावजूद अगर आपको किसी आ, पॉइंटर्स की जरूरत हो या कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो तो यू कैन अप्रोच योर सीआर एंड ही कैन सेंड मी योर क्वेश्चंस ओके ओके सो आज हमारा जो फोकस uh, है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर्स करने का ठीक है वेलकम जी ऑल सब बच्चों को मुबारक हो हमारा वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है बी एस के लिए एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है इस कॉलेज में तो माशा वेल डन सो जैसे मैंने आपसे कहा कि हम ब्लड प्रेशर्स आज करेंगे सो वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर्स हैं मेनली चार ब्लड प्रेशर्स पे हम गुतग करेंगे सस्टॉलिक और डास्टोलिक का तो आपको पता है और पल्स और पल्स प्रेशर और मीन आरटीरियल प्रशर पे हम बात आज सिर्फ रिड्यूस करेंगे कल हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे ठीक है वाईकम तो अगर आपने वो वीडियो देख ली हो तो उसमें बड़ी uh, मेरा ख्याल है मैं, आज मैं भी सुबह देख रहा था जस्ट टू सी uh, के मैंने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं तो क्योंकि ये लेक्चर एक्चुअली लास्ट ईयर का रिकॉर्डेड है so तो जस्ट आई वॉन्ट टू अपडेट तो इसमें तो मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं वैसे मैं खुद भी हैरान था कि वो सारी बातें तो मैंने कर ली हैं जो मैंने बच्चों से करनी थी लेकिन इसके बावजूद आ, पहले मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि आप लोगों ने क्योंकि देखा होगा आ, इसको तो इसमें कोई क्वेश्चन अगर हैं तो मुझसे पूछ लूँ यह स्लाइड ग्राफ़ है बड़ा वाला ऐसे ऐसे करके हार्ट पे शो किया है फिर उसने आर्टरीज शो किए हैं फिर आर्टीरियोल शो किए हैं फिर आहिस्ते आहिस्त उसने ऐसे करके टेपर ऑफ किया है वो वाला ग्राफ है हेडिंग है आर्टीरियल पल्स आ, आर्टीरियल प्रेशर पल्सेशंस की ठीक है इससे मुतल कोई सवाल है वाईक सामे कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं पूछ लू सवाल है मतलब इतना जबरदस्त एक्सप्लेन किया है जिसने एक्सप्लेन किया है कि कोई सवाल ही नहीं है, है कोई अवैस तो फायर हो गए किस लिए इंतजार कर रहे हो शुरू हो जाओ लेकिन रेलिवेंट सवाल होने चाहिए ियल सिस्टली में प्रेशर ज्यादा क्यों होता है बेटे ये कैसा सवाल है अहमर आपने पिछले लेक्चर्स लिए मैं कार्डिय साइकिल याद है आपको हमने सारी बात की थी वेंटिकल सिस्टली और सारा हाँ तो ये बेटे ये आपने सवाल फिर इसको या तो एक्सप्लेन करो आप कि आर्टीरियल प्रेशर सारे लिए तो फिर ये सवाल चलो बनता है आर्टीर सिस्टली अब आप किसकी बात कर रहे हैं आर्टेरियल सिस्टली, वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं या अब हम क्योंकि सर्कुलेशन में आ गए ना? पहले मुझे ये बताओ। जो थेर जो, थेर जो। पहले हम बेसिक्स पे हैं अभी हम आर्टीरियल सिस्टली को समझना चाह रहे हैं ठीक है एटा ओके सो जस्ट टू क्लैरिफाई बाकी आपने हार्ट में सिस्टली का लव्स पढ़ा था और डायस्ली का लव्स पढ़ा था ठीक है वो जो पढ़ा था वो आपने हार्ट के वेंट्रिकल की दो कैफियतें पढ़ी थी हार्ट वेंट्रिकल जब ब्लड फिल कर रहा होता है तो वो डायसली में होता है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो वो सिस्टली में होता है यहाँ तक बात ठीक है और ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जो बहुत बच्चों को रहती है इसलिए मैं इसको बिल्कुल स्लो करके एक्सप्ल करने लगा बेटे अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन की यस तो सर्कुलेशन में हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की अब जो ब्लड प्रेशर की तरफ आप नजर दौड़ाते हैं तो वहां भी एक वेलकम बैक मैं वेलकम बैक से कहता हूं कि मैं इधर से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ फिर मैं रिकनेक्ट होता हूँ तो वो फिर वो शो करता है कि यूर लाइफ अगेन अच्छा मैं बात कर रहा था कि एक सिस्टली और डायरेस्टली वेंट्रिकल की है और एक सिस्टली डायरेस्टली सर्कुलेशन की है ये दोनों रिलेटेड भी हैं और डिरेंट भी हैं। मैं इस पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं फिर मैं आपके क्वेश्चन पे वापस आता हूं ठीक है सिस्टली और डायस्टली ऑफ द वेंटिकल्स तो हमने कवर कर लिया है, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है जो सिस्टली और डायस्टली अब हम इसमें पढ़ेंगे आर्टीरियल प्रेशर पढ़ेंगे कि जी एक सिस्टो लिक प्रेशर होता है एक डायस्टो लिक प्रेशर होता है वो वो कैश है? और आया उनका कोई ताल्लुक है वेंट्रिकल की सिस्टली या डायस्टली से तो इसका जवाब है यस एंड नो यस इसलिए कि जब अब गौर से सुनो वेंट्रिकल जब सिस्टली में जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड एओटा में फेंकता है यस ये तो अब आपको अजबर हो गया होगा वो जो एओटा में मैं उसको बार बार उस वीडियो में गोला कह रहा हूं वो जो एक गोला वो फेंकता है स्ट्रोक वॉल्यूम अपना फेंकता है में हाय हाय आप? तो आप लोगों से करना है ये दो तीन जो रेगुलर स्टूडेंट है उनसे उन सवाल करना है आज और जवाब देंगे वो वरना उनकी श्यामत है अच्छा वापिस आओ मैं इंटरप्ट तो कर दिया देखो मैं किधर था वट वॉज आ स्ट्रोक वॉल्यूम आपने दबाया स्ट्रोक अपना वेंटिकल सिस्टली में गए हाँ जी स्लो डाउन हो जाओ मेहरबानी करें थैंक यू मैडम बहुत शुक्रिया आपका नमाजिश तो वेंटिकल ने सिस्टली की एटा में अब एटा में क्या हुआ एोटा ने अचानक कैच किया है स्ट्रोक वॉल्यूम को ठीक है उसने अपनी पहली जो असेंडिंग सेगमेंट है लिटरीली जहाँ पे एटा शुरू होता है ये स्ट्रोक वॉल्यूम वहां अराइव हुआ है ना वहां रिसीव हुआ है ऐसे ही हुआ है ना तो वो क्या करेगा एलास्ट, बड़ा रिसीव करता है अचानक तूफान आ गया अब क्या करे वो वो डिस्टेंड होगा चौड़ा होगा और उसको अकोमोडेट ये लफ्स है उसको वो अकोमोडेट करेगा सही है उस एटा की डिस्टेंशन समझ में आई है या नहीं आई जब उसमें वेंट्रिकल अपना स्ट्रोक वॉल्यूम फेंकता ये हा या ना शुरू हो जाओ सारे हीरा ने गैस किया है मैंने देखना है बाकी क्लास को समझ आई है बात किया नहीं आई अच्छा अच्छा, अच्छा। चार पाँच छ सात आठ बारह बेटे बाकी जो बच्चे आए हैं बारह तरतालीस में से चलो चौदह पंद्रह बाकी वो उसी पे आए हैं जिसपे आप आते होते हो वलीमे पे हैं जी अठारह उन्नीस बीस चलो एम कन्विंस्ड के समझ आ गई ठीक है वेल डन गुड अच्छा अब क्या होगा इसका मतलब यह है अगेन वेरी की इंफॉर्मेशन कमेंगे आप कि जो वेंट्रिकल की सिस्टली है गौर से सुनो और सर्कुलेशन की सिस्टली है उनमें रब्त है यस yes? उनमें रब्त है यानी वेंट्रिकल की सिस्टली का डायरेक्ट इफेक्ट होता है सर्कुलेशन की सिस्टली पर ये बात ठीक है मैं जान मुझके स्लो हो रहा हूं यह एक बड़ा क्रूशल कॉन्सेप्ट है ठीक हो गया मैंने कोई नई बात वैसे बायद वे नहीं की मैंने उसी बात को रीवर्ड किया ताकि आपको समझ आती रहे आगे चलते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा आगे चलते हैं मैं हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन प्रोफाइल बढ़ा देता हूं पहले वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था मैं कहता हूं मैं सिंपथेटिक सिस्टम ऑन कर दिया है। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक और क्रोनोट्रॉपिक हार्ट की जो ईच बीट है वो अब ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा ईच बीट और ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा मैंने एक्सप्लेन नहीं करना कि मैं एक्सप्लेन बहुत डिटेल से कर चुका हूं पॉजिटिव और पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक uh, uh, इसका मतलब होता है हार्ट रेट ठीक है ये बात हो चुकी है मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ आइनोट्रॉपिक पे अब हार्ट जो है वो ज्यादा ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन के ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एक्सर्ट कर रहा है यानी हर बीट जो है वो ज्यादा फोर्सफुल है नॉर्मल से ज्यादा फोर्सफुल है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि वह ज्यादा ब्लड फेंक रहा है पर बीट जो उसने नॉर्मल फेंकना फेंक था उससे थोड़ा सा ज्यादा फेंक रहा है क्योंकि वो ज्यादा जोर लगा रहा है ये बात ठीक है इसमें कोई नई बात तो नहीं कर रहा मैं बेटे ठीक मैं नई बात नहीं कर रहा क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस सिचुएशन में सर्कुलेशन का सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा क्या मैं ये कह सकता हूं आप बताएं मैं ये कह सकता हूँ थैंक यू वेरी मच और ऐसा ही होता ठीक हो गई बात ऐसा ही होता ठीक है सो so, इसको तीसरी और आखिरी दफा एक और तरीके से कहते हैं ताकि आपको अजबर हो जाए स्ट्रोक वॉल्यूम इज द प्राइमरी फैक्टर दैट इफेक्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यह मैं कह सकता हूं जो आप कहें आप एग्री करेंगे तो मैं कहूंगा वरना नहीं को मेरा ख्याल है मैं कह सकता यस जी अहमर बिल्कुल बिल्कुल तो बेटा सिस्टोलिक प्रेशर सर्कुलेशन में इस तरह बढ़ता है ये आपका जवाब भी आ गया बाय द वे हाँ जी अहमर साहब सिस्टोलिक प्रेशर अगर आपने सर्कुलेशन में बढ़ाना है सर तो आपको मेन फैक्टर अगर है कोई तो वो वेंट्रिकल की सिस्टोलिक प्रेशर कि वेंट्रिकल स्टली में कितना जोर लगाता है ठीक होगी बात अच्छा अब डायस्टली में अपनी अपनी डायस्टली में अपना अपना काम करना डायस्टली ऑफ द वेंट्रिकल जो है वो एक अलग शय है उसमें हार्ट रिलैक्स करता है और फिल होता है डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ द सर्कुलेशन भी एक डिफरेंट चीज है जो कि मेरा ख्याल है मैंने बड़े मेरा ख्याल है अपनी मुंह मियाँ मिठ्ठू में क्या बनू मैंने मेरा ख्याल है बड़े रीजनेबल तरीके से समझाया लेकिन मैं मोटी मोटी बात एक दफा रिपीट कर देता हूँ डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ द सर्कुलेशन सिस्टोलिक डायस्टोलिक की बात करते हैं ना वन ट्वेंटी की बात करते हैं तो अगर आपने उस ग्राफ में और किया हो मैंने इस बारे में वैसे बड़ा जोर लगाया कि वो जो ग्राफ है वो वेंट्रिकल सिस्टली में टोटल ऊपर जाता है और वेंट्रिकल डायस्टली में वो टोटल नीचे आ जाता है तकरीबन बीस से दस से भी नीचे चला जा जाता जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो लंबा ही जाता है बिल्कुल ही रिलैक्स कर जाता है हाउ एवर ऐसा नहीं करती आर्टरीज में जब आप झटका देते हैं ना उनको वो बोलस गोला मारते हैं उनके अंदर तो वो डिस्टेंड होती हैं अकोमोडेट करती हैं उसका वो जो, जो प्रेशर होता है वो उसका जो डिस्टेंडिंग प्रेशर आप कह रहे हैं, वो सस्टॉलिक प्रशर होता है डिस्टेंडिंग प्रेशर ये भी अच्छी एक अच्छी असिला याद रखने के लिए कि वो जिस प्रेशर पर डिस्टेंड हो रहे होते हैं वो उनका सस्टॉलिक्रेशर होता है ये बड़ी अब यह होगा कि आप समझें कि आप एक जगह आराम से तशरीफ़रमाएँ आपका दोस्त आके आपको कहता है आपको उठा देता है वो रूड आदमी है वो बड़ा बदतमीज आप उठ जाते हैं फिर आप रियलाइज करते हैं होल्ड ऑन ये तो मेरी सीट थी भाई इसने क्यों मुझे उठाया यहाँ पे? आप कहते हैं चल यार हट तू मैं बैठूंगा फिर और आप वापस वहां पे बैठने की कोशिश करते हैं बैठ जाते हैं जो भी है बैठ जाते हैं चलिए बिठा देते हैं आप यस आर्टरी से साथ भी यही होता है योटा की बात कर लेते हैं योटा के साथ भी यही उत्तर जब वो डिस्टेंड डिस्टर्ब कर दिया जाता है, है, तो तो अच्छा है दोस्त है आपका उसने अकोमोडेट किया बाइ डिडिंग एट वन ट्वेंटी बट नाउ इट वॉन्ट्स टू तो कम बैक जैसे यू वॉन्ट टू तो कम बैक ऑन यूर सीट दिस ऑल्सो वॉन्ट टू कम बैक इट विल कम बैक इट विल कॉन्ट्रैक्ट याद रखिये याद रखिए स्मूथ मसल को जब भी आप झटके सिनेरियो में अचानक से डिस्टेंड करेंगे स्मूथ मसल ये बात समझ में आई स्मूद मसल को आप जब भी झटके से डिस्टेंड करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ठीक है ये ये बात एक आपको ये ये रिफ्लेक्स है समझ लें स्मूथ मसल का तो एटा जब डिस्टेंड होता है सस्टडी के दौरान तो उसके बाद वो उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है करना ही करना है वो जो कॉन्ट्रेक्शन के दौरान प्रेशर एक्सर्ट करेगा गोले के ऊपर वो 80 होता राउंड अबाउट एटी एमएमएची होता ये है डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ द सर्कुलेशन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल्स डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल्स कम्स डाउन टू 10 एम और इवन लोअर बट सर्कुलेशन का जो डायस्ट्रिक प्रेशर है वो 80 से नीचे उसको नहीं जाना चाहिए और 80 के नीचे वो नहीं जाता एट नॉर्मली एवरेज 80 पे ही रहता क्यों क्योंकि उसका एक तो इलास्टिक रिकॉइल आ गया उसने रिकॉइल करके 80 पे किया और यहां पे वो ठहर गया अब पूछेंगे पूछ सकते हैं यहां पे वो ठहरता क्यों है वो ऐसा करके कुलैब्स क्यों नहीं कर जाता सवाल बनता है भाई खाली ट्यूब है खाली ट्यूब क्यों खुली रहेगी एक रबर की ट्यूब आप लेते हैं एक्चुअली अच्छी बात है आप एक रबर की ट्यूब लें बेटा मोटी वाली उसमें पानी डालें अचानक पानी खोल दें उसमें पूरा नलका आप ऑन कर दें अचानक वो थोड़ी सी बिर डिस्टेंड होगी लेकिन उसके बाद वो अपने काबू में आके उस पानी की तरसील करेगी थोड़ी सी डिस्टेंड करके करेगी आ एक मिनट रुक जाओ अब आप पानी को बंद कर दें क्या वो मोटे रबर मोटा रबर है हाई क्वालिटी का क्या वो कोलेप्स करेगा चपटा हो जाएगा नहीं होगा शाबाश, नहीं हो बिल्कुल क्योंकि वो मोटा रबर है है है उसका उसका अपना अपना एक एक स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर वो नहीं होगा ऐसे पाइप्स आते हैं जो हल्की क्वालिटी के होते हैं पतले बने होते हैं वो जब पानी अंदर आता है तो डिस्टेंड करते हैं और पानी अगर आप निकाल हैं तो बिल्कुल ही चिपटे हो जाते हैं बिल्कुल ही फिस हो जाते हैं ऐसा ही है? लेकिन जो मोटा मोटे रबर का पाइप होगा गोल वाला जो हर घर में होता है पौधों को पानी डालने के लिए होता है या अम्मी उसको वॉश मशीन के साथ कनेक्ट करती हैं उसमें होता है वो अपना कैलिबर बरकरार रखता है आप समझे वो है योटा बल्कि उससे कहीं ज्यादा मस्कुलर है वो गुलेब्स कोई नहीं होता बस ये होता है कि जब उसमें बोलस ऑफ ब्लड डालते हैं तो वो डिस्टेंड होता है और फिर वो अपने अपने डायमीटर पर आ जाता है जब अपने डायमीटर पर आता है तो उस वक्त जो रीडिंग होती है वो एटी होती है और इस असरा में दूसरा गोला आ जाता है फिर वो डिस्टैंड हो जाता है 120 पे जाता है, फिर वो करके हालात यह किताबों में करता है, 80 पे आता है।, फिर तीसरी बोलस है, ये किताबों में इस तरह से नहीं लिखा इसलिए मैंने कई एम बीबीएस uh, को ये कंफ्यूजन में देखा है ये दो डिफरेंट कैफियात हैं सिस्टोलिक सिस्टॉलिकेस कनेक्टेड है लेकिन डायस्टोलिक डिफरेंट है तो अब आपको समझ में आ गई बात आपको वो ग्राफ भी अब अच्छी तरह समझ में आएगा कि वो वेंट्रिकल का ग्राफ इतना लंबा क्यों है और जब वो सर्कुलेशन में जाता है तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक छोटे छोटा ग्राफ क्यों बनता है ना यू शुभ नो एक ये चीज़ होगी दूसरी चीज़ है अच्छा वो आलिशान बच्चे का एक सवाल था बेटे आप कर अलीशान, आपका सवाल बेटे अलीशान ही था ना इसने कहा सर? हाँ मोहम्मद अलीशान, रोल नंबर थर्टी सिक्स सर एज के साथ ये बड़ी चलाकियां हैं बच्चे चलाकियां कर रहे हैं आज मेरे साथ शरारती हुए वे। ये तो सवाल मैंने आपसे करना है और वो मैंने आगे वाली स्लाइड पे करना है अभी पीछे वाली स्लाइड पे अभी मैं ग्राफ वाली स्लाइड पे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि जो ब्लड जब मूव करता है वेसल्स में तो वो एक प्रेशर वेव जनरेट करता है ये ये, ये समझ में आ गई बात ये एक वेव की बात समझ में आ गई आगे ना जाओ जो मैं कह रहा हूँ वहीं पर ठीक है हाँ जी मेरे से अरीज ये तुमने शुरू किया था तुम्हारी सुन्नत पे बाकी बच्चे अमल कर रहे हैं तुमने ये चलाकी शुरू की थी या बाकी बच्चे भी इस पर अमल कर रहे हैं शाबाशे उनको राहत दिखाओ तो यस सर आए हैं हाँ उवैस आप करें सवाल प्रेशर वेफ पे है तो फिर करें वेट कर रहा हूं बस कर लो सवाल बच्चे बेटा बहुत हाई प्रेशर्स एटा बेयर कर सकता है यंग लोगों में बहुत हाई प्रेशर बेयर कर सकता है वन एट्टी तक कर सकता मसला ये होता है मसला एक का दुक्का उसका नहीं होता अगर आप एक इंसान में लगातार सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई करके रखें तो उसको हाइपरटेंशन हो जाती है फिर एयोटा वो डिस्टेंड होकर अकोमोडेट नहीं कर पाएगा इतनी देर तक आप उसको छक्के में छक्का लगा रहे हैं यानी वो बना 120 के लिए आप उसको लगातार दे जा रहे हैं 180 200। तो वो जब तक बर्दाश्त करेगा आप समझ लें एक नई चीज़ है आपने एक नई गाड़ी ली है नई बाइक ली है आप उसको रफ यूज कर रहे हैं आप उसको दबा दब उसको रेड आरपीएम पे लेके जा रहे हैं फुल उसको आप इसे अंग्रेजी में रेड लाइन कहते हैं कि ये रेड लाइन वहीकल है यानी इसको इसको किया गया है रगड़ा गया है तो इंजन की तो आपने मत मार नई बाइक हो या नई गाड़ी हो उसको कर करके कर, कर, कर स्पीडें मार मार के एम ही खाम खामे मार रहे हैं आप जाहिर है इसी तरह ही है बेटे वेर एंड होती है उसमें भैरल लगा हुआ तो स्मूथ मसल है ना बहुत फर्स्ट क्लास है लेकिन है तो स्मूथ मसल ह्यूमन टिश्यू है तो अगर वो बना वो ऑप्टिमली वन ट्वेंटी के लिए या 120 की वेरिएशन 180 तक जाए लेकिन फिर वापस भी आ जाए अगर सस्टेन्ड हाई प्रेशर है आपका सवाल वैसे शायद ये नहीं था लेकिन मैं उसमें एडिशन कर रहा हूं अगर सस्टेन्ड हाई प्रेशर है हर वक्त जैसे पेशेंट्स में होता है हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें होता है उसमें फिर यह डैमेज होना शुरू हो जाता है ज़ाहिर है कब तक रुकेगा कब तक रिकॉयल करेगा मैं अपने सवाल का जवाब नहीं दूंगा चलाक बच्चों ये तुम लोग किस तरह से ना मेरे वो एज रिलेटेड सवाल का जवाब निकाल रहे हो मुझे पता है ये आपका कोई वो आ रहा है अहमद गुलजार आपका ना स्पेलिंग का कोई मसला है बेटे इसमें टाइपो है आप सही को, को ये क्या लिख रहे हो आप आप <laughs> बार बार सेम चीज लिख रहे हो अहमद का कुछ सवाल है जल्दी से देख लो उसमें खाल वो लिखता है तो टाइपो आ जाता है ये जो वो फ़ोन ख़ुद करेक्ट करता है ना कर्व स्ट्रेट अच्छा ठीक है कर्व स्ट्रेट डाउन हाँ जी कर्व स्ट्रेट डाउन थैंक यू अलीशान शान कर्व जो है वो स्ट्रेट डाउन इसलिए आती है ड्यू टू फ्रिक्शन यस एक फ्रिक्शन है अब वही बात तुम छेड़ोगे तो फिर मैं पूछूंगा फ्रिक्शन की वजह भी है चलो भाई एक सवाल आ गया बन गया अहमर की वैसे सवाल है अहमद को पकड़ के सब आ, आ, कुटना बाद में सवाल ये है कि ये जो आर्टीरियो मैंने अब उस डायग्राम को अगर आप देखें ना तो आर्टीरियोल्स तक तो पल्सटाइल फ्लो है ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे डायरेक्टली डायरेक्टली उसके नीचे एक बिल्कुल स्मूद लाइन है यानी उसके नीचे पल्सटाइल फ्लो नहीं होता स्मूद स्मूद होता है मैंने यकीनन इसका जवाब दिया होना वीडियो में ये हो नहीं सकता मैंने जवाब ना दिया लेकिन चलो ये टेस्ट है कि किन बच्चों को वो जवाब याद है चलो बताओ कर्व स्ट्रेट क्यों होती है फ्रिक्शन की वजह भी है और बेटा अब सियासी जवाब तो ना तो रेजिस्टेंस की वजह से बात करो जुमला मुकम्मल करो नहीं, नहीं, नहीं। एक्सचेंज एक्सचेंज बेटा कपिलरी में होता है आप गौर करें ये ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आर्टेरियोल के बाद ही वो स्ट्रेट हो जाता है पल्सटाइल नहीं रहता ये तो उसकी बरकत और खसूसियात है ना इसकी वजह से आप बिल्कुल सही बेटे से वह कह रहे हो इसकी वजह ये स्मूथ इसलिए हो जाता है ताकि मटेरियल एक्सचेंज हो लेकिन ये होता क्यों है फिजिकली ये कैसे स्मूद एक चीज ऐसे होके आ रही है अब वो स्ट्रेट ऐसे करके हो गई है कैसे इसके फायदे तो हैं ऑफकोर्स लेकिन ये होता कैसे है? ये बताए टाइम है अभी गुड क्लास लेकिन मजेदार है आज वाकई पढ़ के आए हो? मजा आ रहा है मुझे भी हाँ जी अली शान साहब सर जी कम क्यों हो जाता है हम ऐसे नहीं जाने देंगे आपको इतने आराम से क्यों अवैस आर्टीरियो की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से यस यू आर देयर कमिंग देयर स्पीड कम हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से बैठे वो बात हो गई सिटी बात हो गई सर्फेस एरिया इंटरेस्टिंग रीज वेल्डन ये सर्फेस एरिया भी बढ़ जाता है तो वो उसकी पल्सेशन में कमी आ जाती है क्योंकि उसका फ्लो की स्पीड कम हो जाती है लेकिन ये क्यों खत्म होता है ये एक स्ट्रेट लाइन कैसे बन जाती है मैं इसलिए इस पे थोड़ा सा जोर भी दे रहा हूं ताकि आप लोग सोचें जब बंदा सोचना शुरू करता है ना तो फिर ज्यादा लर्निंग होती है नए वैस नहीं लेस इलास्टिसिटी येस डिपोजिशन ऑफ फैट तो फिर हर जगह होती है ना प्रेशर स्लोज डाउन येस वो फ्रिक्शन वाली बात हो गई तुम एज लियाओ शाबश बार बार हर चीज़ में है उसी सवाल पे सारे उधर ही जा रहे हैं येस हायर प्रेशर टू लो एक बात तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन है ठीक है ना चलो इस पर इसको डिस्कस करते हैं एक बात फ्रिक्शन है ज़ाहिर है अगर स्ट्रेट ट्यूब भी होती ट्यूब होती सेम हालांकि सेम ट्यूब नहीं है ऊपर आर्ट्रीज है जो जो मोर इलास्टिक है तो उनमें जब प्रेशर ज्यादा जाता है तो डिस्टेंड होती है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं सो तो अगर ये बिल्कुल सेम ट्यूब होती है थ्यूरेटिकली स्पीकिंग तो भी ये दूर जाते जाते स्मूद इसने हो जाना था तो आई विल गिव यू दैट ठीक है? नहीं इतने ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है यह एक हिस्सा है उसका फ्रिक्शन इसका एक और हिस्सा है जो मैं आपकी तवज्जो लाना चाह रहा हूं कि किसी एक बच्चे ने कहीं मेंशन किया था मैं नहीं बेटे डेल्टा पी नहीं डेल्टा पी तो पीछे होता है ना बिल्कुल शुरू में होता है किसी बच्चे ने आर्टीरियोल का जिक्र किया था कि आर्टीरियोल कॉन्ट्रेक्शन की वजह से उसको मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ अब आप यह समझें हवा चल रही है आज बड़ी लाहौर में की। और मैं क्योंकि जरा हाइट पे हूं आपने कहा था चले आपने कहा था अब आपके सर, आपके आंसर को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा आप ये समझिए सर्कुलेशन ये सिर्फ इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ समझाने के लिए कि सर्कुलेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं समझाने के लिए एक आर्टीरियोल से ऊपर और एक आर्टीरियोल से नीचे आर्टीरियोल से ऊपर जो आर्ट्रीज हैं टा से शुरू होता है फिर बड़ी आर्टरीज़, फिर मीट मोटरवे पे जब आप जाते हैं तो अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच के टोल प्लाजा आता है आप समझे जो हैं, वो टोल प्लाजा है वहां पे गाड़ी ने रुकना है या स्लो हो जाना क्यों पुलिस बैठी हुई है आपने पीछे तेजियां दिखाई हैं अब तो नहीं तेजियां दिखा सकते एक तो पुलिस बैठी हुई है दूसरा टोल प्लाजा की जो सड़क होती है वो नैरो होती है और तंग होती है और वहां पे ऑलरेडी गाड़ियां लगी हुई होती हैं समझ में आ रही है मैं किधर लेके जा रहा हूं आपको तो मोटरवे की बातें और हैं वहां पे आप तेजी भी दिखाते थे स्लो भी हो जाते थे और तेज हो जाते थे टोल प्लाजा पे आप पुलिस ने वहां पे बैरियर कोई एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो जगह और तंग हो सकती है आप समझ रहे है? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर्टीरियल वो जगह है जहां पे कंस्ट्रक्शन होती है क्योंकि ये रेजिस्टेंस वेसल है सारी सारी रेजिस्टेंस सर्कुलेशन की नहीं लेकिन ज्यादातर जैसी ट्री नीचे जाता है ना सर्विस एरिया बढ़ता है एसका सर्फेस एरिया कम है आप उसके मोटाई पर ना जाए जैसे जैसे वो तकसीम होगी ना डिवाइड होगी आर्ट्रीज ब्रांचे सर्फिस एरिया बढ़ेगा Arteriors के बड़ा होता है Kapilries का सबसे ज्यादा होता है लेकिन Arteriors का भी भी ठीक ठाक होता है जितनी डिवीजन होगी उतना बढ़ेगा को छोड़ तो, आप समझें किल्स हैं ये उस पल्सटाइल फ्लो को एब्सॉर्ब कर लेते हैं पल्स वो जो आप समझो कि एसी करंट डीसी में कन्वर्ट हो जाता है खत्म करो बात ये वाबड़ा के जो बड़ी तारें होती हैं उस पर करंट कौन सा वाला होता है भला अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसका वो सिग्मा में बनती है क्या बनता है ऐसे करके यस लेकिन उसको घर में लाने के लिए अगर एसी वो ऑल्टरनेट करंट आ जाए तो घर की सारी अप्लायसेज अल्लाह अकबर हो जाए उड़ जाए उसको नीवा किया जाता है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाता है उसको डीसी करंट कहते हैं ऐसा ही है बस ऑलमोस्ट यही एग्जांपल है इसका तो ये जो आर्टिरीज लाइन में लगा के थोड़े जगह से गुजार के पंजाब पुलिस की तरह लमियाँ पा के सीधा करती हैं अब नहीं भूलेगा <laughs> अब नहीं भूलेगा कैसे ऊपर पल्सरटाइल फ्लो होता है इसके नीचे कंटिन्यूस फ्लो होता है ठीक है वैसे किसी को अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ने का शौक हो तो एक लव्स उसको जरा फ्री टाइम में टाइम जया ना करना इन चीजों पर तो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं देखना विंड कीसल बैसल किसको कहते हैं विंड कीसल डबू आई एंड विंड कीसल k, -K i आई डबल एस की ओके मिस्टर जंगी देन यू शुड विंड कीसल इफेक्ट विंड कीसल इफेक्ट पहले जो फायर ब्रिगेड्स बनते थे जब आ, बहुत पुराना जमाना था उनमें एक विंड कीसल इफेक्ट के जरिए पानी को ना जेट यानी पानी को ज्यादा वेलोसिटी दी जाती थी उसके पीछे एक डिवाइस या एक प्रिंसिपल काम कर रहा होता था उसको विंड कीसल इफेक्ट कहते थे आर्टीरियो को विंडकीसल वेसल्स कहते थे पुरानी किताबों में क्यों क्योंकि इनका काम वो बिल्कुल वो विंड कीसल इफेक्ट वाला काम है कि ये एक अनस्टेबल चीज को स्मूथ करते हैं तो जिसको हिस्ट्री है आपका शौक है वो थोड़ा सा विंड कीसल इफेक्ट की हिस्ट्री पर देखे इसको ठीक है समझ आ जाएगी अब आगे चलते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में आपको समझ में आ गया अब अच्छा दो फिक्रे में बयान करूंगा ये अब आपको आने चाहिए इसके एमसीक्यूज आ सकते वॉट Which of the following मैं चलो MCQ में बता देता हूं Which of the following affects the systolic pressure most? Cardiac output, preload, वैस्कुलर रिजिस्टेंस या कोई ऊट पटांग सी बात अब करते हैं अजीब सी बात कर देते हैं Alveolar pressure सबसे ज्यादा सिस्टोलिक प्रेशर को सर्कुलेशन में क्या चीज़ इफेक्ट करती इनमें से अभी आया मैंने शाबाश वेल बे, कार्डे कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डिक आउटपुट एक ही बात ये बात याद रखनी है मैंने लितर मारने इस बात पे कि जो बच्चा स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट पे कंफ्यूज़ हुआ ना मैंने पर्सनली आना है उसको जूते मारने लड़कों को तो जूते मारूँगा मैं बच्चों का मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं भी नहीं दे सकता मैं लेकिन मैं मतलब मैं उनसे नाराज हो जाऊं कि स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट मेरी क्लास में अगर कोई गलत करेगा तो ये ज्यादा है बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा है अच्छा अब दूसरा सवाल मैं करने लगाऊंगा आपसे इसी सवाल को आपने अब इसकी स्टेम बनानी है व्हाट इज द फैक्टर विच इफेक्ट्स डायस्टोलिक प्रेशर द मोस्ट कार्डिक आउटपुट एल्व्यूलर प्रेशर स रिटर्न वगैरा अब इसमें क्या जवाब है डायस्टलिक प्रेशर को सबसे ज्यादा वेस्कुलरिटी ऑफ वेसल्स ये क्या बात है सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है डायस्टलिक प्रेशर को सर्कुलेशन वेस्कुलर कंप्लायस यस वेस्कुलर कंप्लायस का क्या मतलब है वो जो रिकॉयल वाली एबिलिटी को की टर्म जो यूज़ की जाती है वो कम्पलायंस वैस्कुलर कम्प्लायंस या आर्टीरियल कम्पलायंस बिल्कुल ठीक है बिल्कुल डिस्टेंशन नहीं बेटे कंप्लायंस कर लो कम्पलायंस का मतलब ये होता है कि वो जो करके वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसको कहते हैं रिकॉयलिंग जो होती है बिल्कुल इसको वैस्कुलर कंप्लायंस कहते हैं और एम में वैस्कुलर कम्पलायंस लिखा हुआ है आपने कम्पलायंस पे वोट देना है समझ में आ रही है बात डस्का वाला काम ना कर देना हाँ ठीक है ये बात समझ में आ गई है क्योंकि डायस्ट्रिक प्रेशर बनता ही रिकॉयल की वजह से है ना तो अगर ज्यादा कम्प्लाइंट होगा वैसल ज्यादा कंप्लाइंट होगा यानी रबर बैंड नया रबर बैंड और पुराने रबर बैंड में जो फर्क है ना बस वो है कम्पलायंस एक नया रबर बैंड ज्यादा कम्प्लाइंट होता है इसको जितना खींचेंगे वो उतनी ही फोर्स से वापस आएगा तो डायस्ट्रिक प्रेशर बनता ही रिकॉयल की वजह तो से तो इसलिए सबसे ज्यादा वेस्टर कंप्लायंस उस पर इफेक्ट करती है ठीक हो कोई बात अच्छा जनाब अली पल्स प्रेशर और मीनाटीर प्रेशर मैंने कल करवाना है ठीक है अरीज सॉक्स में से मेरा बेटा निकल हैं छोड़ दो सॉक्स की जान छोड़ दो और कंप्लाइंस आओ मैंने, इसी है मैंने right. तो से इसी मैंने एक्सप्लेन किया यू आर राइट लेकिन तुम लेक्चर के शुरू से सॉक्स के पीछे पड़ी हुई हो हैं अच्छा अब आ जाओ मेरा ख़्याल है इस पर अब अब एंड करेंगे कहानी को अब आ जाओ जो मैंने सवाल किया था क्या किया था सवाल मैंने पहले सवाल दोहराया जाए अरीज को सुबह से याद आ रहा है अरीज बताएगी हाँ इट इज एन इंटरेस्टिंग वैसे मैंने रेस्परेशन नहीं पढ़ा नहीं लेकिन रेस्परेशन अगर कभी आपको पढ़ाऊं तो मैं उसमें भी शौक का बड़ा आजादाना इस्तेमाल करता हूं शुरू में तो मैं शौक के पीछे पढ़ा रहता हूँ शौक के पीछे वॉटर बॉल के पीछे पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं आज सवाल करें जो मैंने सवाल किया था लेक्चर वीडियो में सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा क्यों होता है एज के साथ कम क्यों होता है सिस्टोलिक में ज्यादा क्यों होता है इसका मैंने जवाब नहीं दिया था ये अब आप बताएं मैं वेट कर रहा हूं जवाब आने शुरू हो जाए जी बिल्कुल सर यस yes. सवाल so वैसे इसका जवाब ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये को इतना इतना सीरियस ना हो जाना सयाहा सहा अंजुम रोमो थर्टी एट हार्डनिंग की वजह से जवाब वैसे यही है लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो तो मजा आ जाए सही सयाहा ने जवाब दे दिया ड्यू टू लेस इलास्टिसिटी यस वही हार्डनिंग हो गई इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर तुमने ड्यूटे में फैट बड़ी याद आ रही है वैस। बेटे वेसल में अच्छा एक मैं, मैं और भी देख स्टैंड तो नहीं होती है, तो शायद प्रेशर आगे पुष्ट होगा सबेरा आई लाइक योर आंसर वेरी गुड आपने इसका मतलब है ब, अर करेजी से आपने वो डायग्राम देखी है ये मेरा ख्याल सवेरा इज रिफरिंग टू तो द डायग्राम ऑफ सिस्टली जहाँ पे मैंने दिखाया है कि जब वो बोलस आता है तो वो आर्टरीज़ की वॉल्स पे खिंच डालता है और वो आगे भी पुश होता है दी तो इज राइट कि वो जो खिंच है जो वो डिस्टेंड करेगा वॉल्स को वो कम कर पाएगा बिकॉज ऑफ हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू फैट डेपोजिशन इन द वॉल अवैस ये जो हार्डनिंग होती है वॉल के अंदर स्मूथ मसल के दरमियान में ना फैट जमा होनी शुरू हो जाती है इसकी कहते के अंदर होती है। स्मूद मसल के दरमियान होती है वहां फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है तो वह अब डिस्टेंड और कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पाएगा उस तरह से जिस तरह से वो पहले करता होता था ठीक है मैं क्या कह रहा था हाँ तो अब जो एनर्जी होगी जो पीछे से वो गोला आया है आगे वो डिस्टेंडिंग में ज्यादा नहीं यू वेरी गुड अब वो आगे की तरफ पुश ज्यादा होगा डिस्टेंड नहीं सही इतना प्रॉपरली कर पाएगा जवाब ये है यही जवाब है और उसमें से एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमने एक और बात भी निकाल ली ठीक है तो विद एज ड्यू टू फैट डिपोजिशन इन द वॉल्स ऑफ द आर्ट्रीज Arteries become hard. This process is called arteriosclerosis. आपने आर्टीरियो दफा पढ़ा होगा ये arteriosclerosis. Arteries में sclerosis यानी हार्डनिंग होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू फैट डिपोजिशन जिसकी वजह से सिस्टली के दौरान वो डिस्टेंड नहीं हो पाते डिस्टेंड ना होने की वजह से वहां पे वो एब्जॉर्ब नहीं करते उस प्रेशर को ठीक है पहले तो वो डिस्टेंड होके उसको एबजॉर्ब कर लेते थे ना तो सिर्फ 120 तक जाता था अब वो गुब्बारे की तरह डिस्टेंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्टेंड नहीं हो पा रहे वो सख्त हुए में तो एक सख्त चेम्बर में जब आप गोला फेंकेंगे तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल पे ये बात मेरी समझ में आई या नहीं आई जब वो डिस्टेंड नहीं हो पाएगा और वॉल्यूम उतना ही फेंक दिया आपने अंदर तो वो उस चेंबर में अगर इमेजिन करो वो चैम्बर है तो उस चैम्बर में प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा समझ में आ रही है बात ये हमारे वो रहनुमा असूलों में से भी देख था ठीक है खैर वो वॉल्यूम चेंज किए बगैर था वो डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे हमने वॉल्यूम ज़रूर चेंज किया है लेकिन हमने उसको डिस्टेंड नहीं हो, हो पा रहा क्योंकि वो एज रिलेटेड हार्टनिंग हो गई है तो इसलिए प्रेशर ज़्यादा इनक्रीज कर जाएगा और सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा डायस्ट प्रेशर क्यों कम हो जाएगा ये मैंने एक्सप्लेन किया है मैं अब चेक कर बच्चे ने निकम्मों ने वीडियो नहीं देखी डायस्टिक प्रेशर कम हो जाएगा इस हार्डनिंग में एज रिलेटेड हार्डनिंग में क्यों सवेर आपने तो पढ़ा है ना बेटे ये बाकी कोई नया बच्चा नहीं इसमें बोलता वही आदि मुजरे में जो चार पांच वो बोलते रहते हैं ठीक है ओके okay. ठीक है लेस रिकॉयल डायस हाँ वो लेस रिकॉयल करेगा ना वो डिस्टेंड होगा ना वो सही तरह रिकॉयल कर पाएगा इसलिए डायस्टलिक प्रेशर ड्रॉप करेगा सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा ठीक है बाय द वे अगर पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक सवाल समझ में आया मुझे बच्चे हम मैसेज कर रहे हैं कि अटेंडेंस लगा दें चलो सवाल मैं रिपीट कर रहा हूं अभी मेरे पास छः मिनट हैं सवाल मैं रिपीट कर रहा हूं अगर सिस्टोलिक प्रेशर जैसे हमने साबित कर दिया साइंसी बुनियादों पर कि सिस्टोलिक प्रेशर एज के साथ बढ़ता है सब में नहीं बढ़ता बाय द वे लेकिन जनरली एवरेज में बढ़ता है एक सेहतमंद आदमी जो एज करेगा उसमें ज़रूरी नहीं कि सिस्टॉलिक प्रशर बढ़े अगर वो अपनी फैट्स को लो रखे तो वो डिपॉजिट कम होंगी या वैसे होती तो है लेकिन कम डिपॉजिट होंगी तो उसकी हार्ड उसकी आर्टरीज कम हार्डन होंगी तो हो सकता है उसका, उसका सिस्टोलिक प्रेशर ना बढ़े ना लेकिन बैरल हम एक पॉइंट को यहाँ पे बात करें अगर आर्ट्रियो ए, ए, आर्ट्रियो स्क्लोसिस बढ़ेगी बड़, एज के साथ तो हार हार्ड आर्टरीज ठीक है सेस्टोलिक प्रेशर राइज करेगा डायस्टोलिक प्रेशर कम होगा सो so, क्वेश्चन ये है कि अगर पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर देन एज के साथ पल्स प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा क्वेश्चन टाइम ओवर हुआ है सब मेरे सवाल का जवाब दो बस अरेंज यस yes. जादा होगा बेटा ये कम वाला जो बच्चा है ना ये तस्वीर कर ले अपनी तस्वीर नहीं सॉरी ये डिक्रीज किसने करवाया है और जिसने भी ऊपर हां बढ़ेगा ये बढ़ेगा अगर आपको आर्टरी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का समझ में आ गया है ना कि एज रिलेटेड क्या चेंजेस होते हैं तो पल्स प्रेशर मैंने आपको पढ़ा दिया है पल्स प्रेशर इन दोनों को माइनस करने से जो रिजल्ट आता है उसको पल्स प्रेशर कहते हैं तो एज एज के साथ पल्स प्रेशर बढ़ता है इंक्रीज होता है आज वजह आपको मैंने बता दी थी। ठीक है चलो जी अब हम बाकी बाकी वीडियो आप देख लेना आज कल हम बाकी वीडियो करके ब्लड प्रेशर का मामला क्लियर कर देंगे ठीक है और शायद मैं आपको शायद एक आध ट एक आध मैं वीडियो और भेजूँ क्योंकि ये मटेरियल अब कम है क्योंकि मैंने पल्स प्रेशर भी ऑलमोस्ट करा दी है तो सिर्फ कल के लिए मीन आर्टीरियल प्रेशर होगा तो विच इज़ नॉट इनफ फॉर अ लेक्चर ठीक है लेक्चर्स मेरे अब धारे कम होते जा रहे हैं तो मैं शायद सी आर इस वक्त फिफ़्टी आ रहे हैं 56 रोल नंबर्स आपका 56 होने चाहिए 56 काउंट होना चाहिए अच्छा जी इंक्लूड सी आर आप इंक्लूड करें रोल नंबर सिक्सटी सिक्स असद अली को प्लीज सी आर या जी जो भी हैं असद अली रोल नंबर सिक्सटी सिक्स को इंक्लूड करें प्लीज अटेंडेंस हो गई तो यू गाइज कैन गो चलो ठीक है बच्चों ओके इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मैं भी थोड़ी देर में अपलोड कर रहा हूं. आ, इस वीडियो का एंड और एक दूसरी वीडियो कर रहा हूं थोड़ा सा थो थो ज्यादा होमवर्क है वो मैं पहले से कर दूंगा so, ओके, अभी रहे हैं चलो